फॉर्म में अगर यू डॉट वी की फॉर्म में आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है इंट्रीग्री साइन होता है फर्स्ट का डिफ्रेंसिए इंट्रीगेशन करते, करते हैं है, है, और इंट्रीगेशन करते फॉर्मूला होता है यू डॉट बी को सोल्व करने का इंटीग्रेशन एक एग्जांपल लेते हैं अपन से एक्स का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक एक्स इंटू सेक स्क्स डी एक्स इसमें अपन जब भी फर्स्ट और सेकंड मानते हैं वो आई के हिसाब से मानते हैं आई लेट इसमें आई है वो इनवर्स होता है Log, और यहाँ पे दोनों, तो दोनों किसका हो हो हो होता है उसको फर्स्ट फर्स्ट मानेंगे, क्योंकि में इसलिए अब फॉर्मूला sec x, x minus integration sign, first card, second का इंट्रीग्रेशन सेट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंट्रीगेशन साइन फर्स्ट का डिफरेंसेजियन सेकेंड का इंट्रीगेशन एंड ओवरऑल का इंट्रीग्रेशन नाउ सेट एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन सेक का डिफ्रेंसिएशन सेक्स इंटू टेन एक्स एंड सेक स्क् इंट्रीगेशन टेन एक्स दिस नाउ दिस इज इंटू टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स इस लिख सकते हैं नाउ नक्स को कैसे प्रेगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स ये एजएडीज आया माइनस से क्यूब एक्स ये माइनस बार है माइनस माइनस माइनस है तो प्लस sec sec sec dx dx dx cube डीएक्स्यूब डीएक्स से करते आ रहे हैं आई मानना है इस आई को इसमें पुट कर देंगे दें दे तो माइनस इधर जाएगा इधर यह आ जाएगा टू एच इसको एस इट इज माइनस सॉरी प्लस सेक एक्स इंटरग्रेशन आप जानते हैं इसको है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस इसका जो इंट्रीगेशन होता है वो होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स आपको तो इंट्रीगेशन निकालना है मतलब कि आई निकालना है। तो आई इज टू वन बाई टू सेक Into 10x plus 1 by 2 log of sec x plus 10x and integration constant plus this is the answer.